हाँ जी नमस्कार गाय सभी का बहुत बहुत बो स्वागत है मेरे चैनल पे शशिदा एंटरटेनर एंटरटेनमेंट का खजाना और आज मैं लगे आया हूँ खजाना किसका पे आ चुका है बिग सेविंग डे जो कि शुरू हो रहे हैं 15 जनवरी से और चलेंगे 20 जनवरी तक तो क्या क्या मिल रहा है इसमें और क्या क्या फैसिलिटीज आप ग्रैब कर सकते हैं तो मैं इसी के बारे में आपको मैं बताऊंगा परेड आए ऑफर्स हर डील पे मिलेगी आपको बचत फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का अगर आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो आपको मिलेंगे फाइव का कैशबैक साथ में फ्लिप फ्लिपकार्ट के पे लेटर ऑप्शन भी है जहाँ पर आपको इंस्टेंट क्रेडिट मिल रहा है हजार का का गिफ्ट कार्ड कार्ड में में और साथ बता सिटी बैंक के का आ, बैंक के क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट पे पे आपको मिल रहे हैं 10 का इंस्टेंट डिस्काउंट दोनों एंड तो ये अच्छा एक ऑफर है और मैं बता दू एक दिन पहले यानी कि वन डे अर्ली एक्सेस अर्ली एक्सेस की टिकट मिल रही है जो लोग चौदह तारीख के मिड से ही चालू कर सकते हैं अपने इस ऑफर को यूजिंग 40 सुपर कॉइन ठीक है ये याद रखिएगा इस तरह की अगर वीडियोस में आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब भी किया है अभी कर लीजिए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना बोले ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए चलिए आगे बढ़ता हूं और डिटेल्स में आपको बताता हूं कि हूँ किस में आपको क्या क्या ऑफर मिल रहे हैं एट्टी परसेंट तक का आपको ऑफ मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स पे जिसमे आपको साउंड uh, बाज है लैपटॉप है इयरबड्स है और स्मार्ट वॉचिज़ भी आपको मिलेंगे इसके बाद अप टू सेवेंटी फाइव परसेंट आपको ऑफ मिलेगा टीवी और अप्लायसेज पे, ठीक है जिसमें आपके मिक्सर भी हैं किचन अप्लायंसेज हैं वॉशिंग मशीन है फ्रिज है टीवी वी है एक्सेट्रा साथ में फिफ्टी टू एट्टी परसेंट तक आपको ऑफ मिलेगा इसमें फैशन पे और उसके बाद फ्रॉम 99 नाइन ऑनवर्ड यानी कि निन्यानवे रूपए में आप ले सकते हैं स्टार्ट कर सकते हैं ब्यूटी के आइटम्स फूड के आइटम स्पोर्ट्स के आइटम और भी बहुत सारे आइटम्स 49 से शुरू हो रहा है होम एंड किचन एसेंशियल के सामान आपको इसमें आप ले सकते हैं इसमें बहुत सारे आइटम्स आपको देखने मिल जाएंगे जब ये चालू होगा 15 जनवरी से आप ग्रैप कर सकते हैं अपनी विश लिस्ट भी चूज कर सकते हैं अभी सही 80 मिलेगा फर्नीचर और पे, 80% आपको मिलेगा Flipkart की जो भी हैं, उसमें आप अगर, अगर अब लेते हैं तो आप उसको विश लिस्ट भी पूरा कर सकते हैं और यहाँ पर अभी आपको मिल जाएगा साथ में सैल्यूट वर्दी ऑफर हैं जो कि आप चक्र कर सकते हैं इसमें एक चक्र आ रहा है वो चक्र क्या आप लोगों के लिए वो मैं बता देता हूँ चक्र है क्रेजी डील्स मिलेंगी आपको हर रात बारह बजे सुबह आठ बजे और शाम को चार बजे और साथ में बता दूं एक आ रहा है रश आवर जो कि होगा एक्सक्लूसिवली प्लस मेंबर्स के लिए जो कि सिर्फ उनके लिए ही होगा तो ये फैसिलिटी भी आप ना छोड़े टिकट डील्स मिलेगा आपको लोएस्ट प्राइस एवरी डे दोपहर को बारह बजे से लेके रात के दस बजे तक उसके बाद आपको बाय मोर से आपको मिल रहा है जिसमे आपको बाई थ्री पे फाइव परसेंट बाई पे फाइव एक्स्ट्रा टेन परसेंट बाई पे भी टेन मिलेगा और मिनिमम सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट और एटी परसेंट आपको डिस्काउंट मिले तो ये थी सारी डील्स जो कि शुरू होने वाली हैं पंद्रह जनवरी से तो जल्दी से जल्दी अपनी विश लिस्ट तैयार कर दीजिए लिंक में आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे वहां से कर सकते हैं वहां से शॉपिंग भी कर सकते हैं डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा एक बार नहीं बारो बार मिलेगा मेरे ही लिंक से तो ये याद रखिएगा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो कर लीजिएगा बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना न मिले ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके सबसे पहले पहुंच जाएं मिलता हूं अगली वीडियो पे तब तक के लिए शुक्रिया नमस्कार